मदरसों को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मदरसों से कोई दिक्कत नहीं है जहां शिक्षा दी जाती है वहां शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा लेकिन अवैध गतिविधियां संचालित करने वाले मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा मदरसों से उन्हें कोई एलर्जी नहीं है सरकार शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है जिन मदरसों में शिक्षा दी जाती है उसको सरकार का सहयोग है पीएम मोदी चाहते है की सभी को शिक्षा मिले लेकिन जिन मदरसों में देश विरोधी गतिविधियां संचालित की जाती है आई, आई का एजेंट चलाता है भारत विरोधी गतिविधियां संचालित हो रही हैं उन मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी चाहे वह देश के किसी भी भूभाग में हो आज नहीं कल सर्वे कर उनको तोड़ा जाएगा देखिये मदरसों से हमारी कोई एलर्जी नहीं है सरकार शिक्षा को बढ़ावा देना चाहती है मोदी जी की सरकार का सीधा है हर जन को शिक्षा उपलब्ध हो ये काम है मदरसों में जहाँ शिक्षा है वहाँ मदरसे सुरक्षित है और उनको पूर्ण सहयोग है जिन मदरसों में अगर देशद्रोही गतिविधियां संचालित होती हैं आईएसआई के एजेंटों के कोई भाग चलाता है या भारत विरोधी ताकतें उन मदरसों के पर हावी हैं और वो भारत में भारत वक्त नहीं बल्कि भारत विरोध खड़ा करते हैं जिन मदरसों में भारत विरोध होगा वो मदरसे हिंदुस्तान की किसी भी भूभाग में हों आज नहीं तो कल सर्वे में भी आएंगे और तोड़े भी जाएंगे